ओम शांति जब मैं दिल्ली में थी गुलजार दादी के प्रति बहुत बहुत आकर्षण था जब बिहार में आए सेवा में दादी जी का भी इधर आना हुआ तो मैंने दादी को एक लिस्ट दिखाई वो लिस्ट इस प्रकार की थी एक भाई ने मेरे से पूछा कि बिहार के जितने भी जिले हैं उन सब में सेंटर्स नहीं हैं आप कितने समय में खोलेंगे तो मैंने वो सारी लिस्ट तैयार की जहां जहां सेवा केंद्र खुलने हैं और मैंने सोचा कि ये सब हर महीने एक एक जिले में सेवा केंद्र खोल देंगे और मैंने वो लिस्ट के ऊपर में लिखा बिहार में आए बहार मैंने गुलजार दादी को लिस्ट दिखाई कि इस प्रकार से हम सब जिलों में सेवा केंद्र पूरा कर लेंगे इतने समय के अंदर कोई भी जगह बाकी नहीं रहेगी दादी ने पहली लाइन पढ़ी बिहार में आए बहार दादी ने कहा इसको चेंज करो बिहार में आई बहार आए बहार नहीं इस प्रकार से शुभ चिंतन इस प्रकार से शुभ चिंतन हर बात का शुभ सोचना गुलजार दादी ने सिखाया बिहार में आई बहार हर व्यक्ति के गुण देखें हर व्यक्ति के गुण गाएं उसमें यह परिवर्तन आ जाए नहीं आ गया है ये श्रेष्ठ आत्मा है ये महान आत्मा है ये विशेष आत्मा है हरेक को इतनी ऊंची नजर से देखें ये है अपनी विशेषता सबको ऊंची नज़र से देखने की ये वरदान गुलजार दादी के द्वारा प्राप्त हुआ ओम शांति